तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे मैं मल्टीवर्स के दोनों माइकल को गुडबाय बाय बोल के अपने रियल वर्ल्ड के लॉस सेंटो में वापस आ गया लेकिन जैसे मैं वापस आया मैंने देखा कि यहाँ पर सब लोग मेरे ऊपर गन पॉइंट करके खड़े हैं। अब मैं सोचने लगा कि शायद ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे तभी मैंने देखा की यहाँ पर सारे गार्ड्स को किसी ने मार दिया है टेंशन मतलब सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी ऐसी एपिसोड को लाइक कर दो क्यूँकी आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है आठ हजार का और अब शुरू करते हैं तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में एंड अभी मैंने समझाता हुआ थक चुका हूं कि मैं ही असली माइकल हूँ लेकिन जब से मैं रियल वर्ल्ड के लॉस एंट ऑफ में वापस आया हूँ इनमें से कोई भी मेरा विश्वास करने के लिए तैयारी नहीं है और ये लोग तो मेरे ही सर पे गन पॉइंट करके बैठे है एंड एक तो अपना लेटर बेहोश है वरना हम लोग इससे ही बात कर लेते बट यहाँ पर जो डिफेंस टीम का कमांडर है ये कह रहा है की यहाँ पर जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है माइकल सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है लेकिन हम लोग तो दूसरे वर्ल्ड के अंदर थे हम लोग ये डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं और वो भी इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन की इन लोगों को मेरे पर अटैक करने का टाइम ही नहीं मिला बाकी, तो बाकी तो छुड़ाया था और आज ये दिन देखना पड़ रहा है की तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा भाई साहब पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या हुआ की तीनों ही मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और अभी ये लोग मेरे सर के ऊपर दो घंटे से बैठे हैं कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मतलब ये लोग यहां पे मेरा बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहे हैं और एक सेकंड वहां पर सामने एक गाड़ी खड़ी है वेट अगर ये लोग अपना विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पर बस एक ही ऑप्शन है हमें यहां पे भागना पड़ेगा इनको चकमा देकर क्योंकि पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या हुआ बट मैंने तो कुछ भी नहीं करा लेकिन फिर भी ये लोग मुझसे इतना ज़्यादा नाराज हैं और मैंने बहुत बार ट्राई करा डिफेंस टीम के कमांडर से बात करने का लेकिन इनमें से कोई भी अपनी गन नीचे कर ही नहीं रहा है यार एटलीस्ट मुझे समझा तो दो यहाँ क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ ये लोग कहने की ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मुझे तो यहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं है यार देखो है तो ये लोग अपनी दोस्त तो मुझे नहीं लगता की लोग सच में शूट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा मजाक करके भागने का ट्राई करते हैं तो सब लोग एक बार ऊपर की तरफ देखो और यही सही टाइम अपना यहाँ से भागने का फ्रेंकली इसके लिए माफ कर देना लेकिन मेरे ओ भाई ने तो सच में पे गोली चला दी और अभी माइकल के पेट में गोली लगी है अब तो मैं यहां पर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ने वाली है ऑल राइट गाइज इस टाइम पे फाइनली माइकल को होश आ रहा है और वेट ये हम लोग कहां पर है एक सेकेंड यहां पर लेफ्टर है और हम लोग हॉस्पिटल में है शायद इसका मतलब है कि जब फ्रैंकलिन ने हमें गोली मारी ये लोग हमें यहां पे हॉस्पिटल में लेकर आ गए यहां पर लेस्टर डॉक्टर डिफेंस टीम का कमांडर और अपना ड्राइवर है क्या बात है और देख के लग रहा है ना कि इन लोगों ने यहाँ पे माइकल का हेयर कट भी कर दिया है चलो ठीक है हम लोग यहाँ पे उठने की कोशिश करते हैं All right guys, इस मैं की चुका हूं यहां पर मैंने से पूछा कि सब लोग मेरे ऊपर क्यों गन पॉइंट कर रहे थे और ये मुझे बता रहा है की माइकल जिस दिन तुम तो मल्टीवर्स के पोर्टल के अंदर गए थे उसके ठीक एक दिन बाद हमारे वाले पोर्टल में काफी खतरनाक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में जितने भी डिफेंस टीम के गार्ड आगे की तरफ खड़े थे सबके सब मारे गए भाई साहब यहाँ पर डिफेंस टीम के कमांडर का काफी बड़ा और पेनफुल लॉस हुआ है और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम लोग मल्टीवर्स के पोर्टल से बाहर आए थे ये लोग हमारे ऊपर गन पॉइंट करके क्यों खड़े थे और शायद इसीलिए फ्रैंकलिन ने मेरे ऊपर गोली चलाई क्योंकि मैंने खुद ही बोलकर गया था कि अगर उस पोर्टल में से मेरी जगह कोई और बाहर निकलता है तो सीधा शूट कर देना और ये लोग मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पाए क्योंकि हम लोगों ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और मेरे दाढ़ी और बाल भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की वजह से बट अब जो हो गया है उसमें हम क्या ही कर सकते हैं बाकी यहाँ पे डिफेंस टीम का कमांडर बोल रहा है कि कुछ वक्त के लिए ये लोग हमारे ऊपर नजर रखेंगे साथ ही साथ ये लोग हमारे सारे बैंक अकाउंट्स को चेक करेंगे और हमें परमिशन नहीं है लॉस एंटॉस से बाहर जाने की बाकी अभी ये लोग बोल रहे हैं कि फ्रैंकलिन हमारा बाहर गाड़ी में बैठ के वेट कर रहा है और वही हमें घर पे ड्रॉप करने वाला है डॉक्टर ने यहाँ पे माइकल को कुछ वक्त के लिए रेस्ट करने का सजेस्ट करा है चलो ठीक है फटाफट से हम लोग पहले हॉस्पिटल के बाहर चलते हैं और जाके फ्रेंकलिन से मिलते हैं भाई साहब मैंने सोच नहीं था की फ्रेंकलिन सच में मुझे शूट कर देगा बट चलता है उसको भी लगा नहीं था की हम लोग असली माइकल है क्यूँकी हमारे दाड़ी और बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वैसे इतने सारे लोगों को एक साथ देख के मुझे सच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि जब तक हम लोग मल्टीवर्स के अंदर थे वहां पर तो कोई भी था ही नहीं एंड यहाँ पे फ्रैंकलिन अपना हॉस्पिटल के बाहर ही वेट कर रहा है और क्या बात है लेके आया है, है फटाफट से इसकी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं अपने घर की तरफ वहाँ पर जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और देखते हैं की आज का क्या सीन है क्यूँकी इतने वक्त के बाद हम लोग रियल वर्ल्ड के लॉस सेंटॉस में और हमें फाइनली अपनी लंबा ऑर्गेन को चलाने का भी मौका मिलेगा तो चलो गाय और फ्रेंकली फाइनली गाड़ी को लेके अपने घर पर पहुंचने वाले हैं काफी एपिसोड्स के बाद हम लोग अपने घर को देखने वाले हैं बट यहाँ पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी और अपनी लंबॉर्गे एक सेकेंड ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है अपनी लेंबोर्गे सियान कोई तो अपने घर से बाहर लाया और अपने घर के बाहर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं और ये कोई आम गाड़िया नहीं है ये तो नेशनल फोर्स की गाड़िया हैं लेकिन रुको पहले मुझे अपने लेनी देखने दो तो उसके अंदर कौन बैठा है हमारे सामने से ये बंदा अपनी लेम्बोर्गिनी वेट uh, ये तो नेशनल फोर्स का ही गार्ड है हम लोग ना इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है ऑल राइट तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे इस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है की इन्हें ऊपर से ऑर्डर माइकल का पूरा घर और माइकल की सारी गाड़ियां सीज करने के लिए और ये ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि डिफेंस टीम के कमांडर ने दिए हैं एंड ये बोल रहा है कि जब तक ये ऑर्डर्स वापस नहीं लिए जाते आपकी सारी गाड़ियां आपका घर और आपके नाम पर जितने भी शोरूम है वो सबके सब, सब गवर्नमेंट सीज कर लेगी यार समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हम लोगों ने कुछ करा भी नहीं है और जब से हम लोग रियल वर्ल्ड के लॉस सेंटोस में आए हैं हम लोग यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और लेस्टर भी कह रहा था की जब हम लोग मल्टीवर्स के पोर्टल के अंदर गए थे तभी से लॉस सेंटोस के अंदर बहुत सारी अजीब चीजें हो रही है अब अजीब चीजों से उसका मतलब क्या है वो तो मुझे नहीं पता बट अभी अपने घर को देखो हर तरफ यहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये सब लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है बल्कि ये तो अपने ऊपर नजर रखने के लिए है। चलो ठीक है हम लोग अभी घर के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं बाकी यहां पर घर, घर के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड है भाई यहाँ पर तो हम लोग कुछ बात भी नहीं कर सकते ठीक से यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि अपने ऊपर 24 घंटे नजर रखने वाले हैं और अभी तो अपने पास यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं है हमारे पास बस एक लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गनीसानी वो भी गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है बाकी जो अपनी मस्टैंक जी वो तो अभी भी मिलिट्री कर्नल के पास है अब बस यहाँ पर एक ही रास्ता बचाए मुझे कुछ भी कर, कर बैनी के पास पहुंचना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ वही हमारी हेल्प कर सकता है लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे गार्ड तो मुझे यहाँ पर कोई गाड़ी लेने नहीं देंगे एंड यहां पर फ्रेंकलिन एक गार्ड से बात कर रहा है चलो ठीक है हम लोग भी फ्रैंकलिन से बात करते हैं और पहले फ्रैंकलिन से हेल्प मांगते हैं ओके तो इस टाइम पे फ्रैंकलिन यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से बोल रहा है कि माइकल को एटलीस्ट एक गाड़ी तो रखने की परमिशन दे दो क्योंकि माइकल के पास यहाँ पर अभी एक भी गाड़ी नहीं है और अगर हमें कहीं जाना है तो हम लोग जा भी नहीं सकते बट क्यूंकि इन गार्डस को भी ऊपर से ऑर्डर मिले हैं ये भी हमारे सुनने को तैयार नहीं है और अभी मुझे और फ्रेंकलिन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है की हमें करना क्या चाहिए क्योंकि अपने पास एक भी गाड़ी नहीं है और बिना गाड़ी के तो काम चलेगा नहीं ऑल राइट गाइज जिस टाइम पे फ्रेंकलीन बोल रहे हैं कि इसको एक बढ़िया सा आइडिया आया है तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है बट कह रहा है कि आ, ये कह रहा है कि जब तक तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तुम तो मेरी गाड़ी रख सकते हो आइडिया तो अच्छा है लेकिन फ्रैंकलिन के पास खुद भी बस ये एक ही गाड़ी है बट ये बोल रहा है कि जब तक तुम ये वाली गाड़ी रखोगे मैं लमार की यूज कर लूंगा चलो ठीक है अभी के लिए अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे फ्रैंकलिन की गाड़ी रख लेते हैं और फ्रैंकलिन यहाँ पे घर वापस पैदल जाने वाला है कभी कभी लगता है ना कि फ्रैंकलिन माइकल का, का काफी बढ़िया दोस्त है क्योंकि पहले इसमें हमें गोली मारी और अभी देखो अपनी कितनी बड़ी हेल्प करके गया है बंदे के पास खुद एक गाड़ी है लेकिन ये एक गाड़ी भी ये हमें देकर गया है फिलहाल के लिए हम लोग फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसको लेके सीधा माइकल के घर के अंदर चलते हैं अब क्यूँकी ये गाड़ी अपने नाम पर नहीं है गवर्नमेंट भी इसको सीज नहीं कर सकती तो जब तक अपनी गाड़िया अपने पास वापस नहीं आ जाती है तब तक के लिए हम लोग फ्रैंकलिन की गाड़ी का यूज करेंगे लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक काफी खतरनाक प्लान है जिसके लिए जाने वाले और उसके बाद हम लोग जाएंगे मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए, लिए ट्राई करेंगे उससे जीटी लेने का लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे रात होने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि दिन के टाइम में तो यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है और अगर दिन के टाइम में मैं गलती से भी कहीं पर चला गया तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड अपने पीछे लग जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं रात होने का और रात होने के बाद जब इन गार्ड्स को थोड़ी बहुत नींद आ जाएगी तब हम लोग पीछे के रास्ते से अपने घर के बाहर निकल जाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग घर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं रात होने से पहले क्योंकि मल्टीवर्स के पोर्टल से बाहर आने के बाद मेरा सर काफी ज्यादा घूम रहा है और अभी माइकल की इंजुरी रिकवर भी नहीं हुई है तो फटाफट से ऊपर चलते हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और रात होने का वेट करते हैं उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और जैसा की मैं हमेशा कहता हूँ टेंशन मतलब यहाँ तक आए तो और भी आगे जाएंगे और सच में यार जब से अपने घर का रेनोवेशन हुआ है हम लोग ज्यादा घर के अंदर आए नहीं है चलो ठीक है फटाफट ऐसी बालकनी को खोलने तो निभा लेकिन इसका मतलब ये है की यहाँ पर जितने भी गार्ड्स के मुकाबले में काफी ज्यादा कम हो गए मेरे पास यहाँ पर एक फोन भी है लेकिन हम लोग किसी को फोन नहीं लगा सकते क्यूँकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है की सारे के सारे गार्ड मेरे फोन को ट्रैक कर रहे होंगे तो हमें पे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पर किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते हैं कि अपने घर में पर पे दो दो गार्ड साथ में खड़े हैं तो मुझे यहाँ पे पूरा ट्राई करना है की इनमें से किसी को भी पता न चले की हम लोग यहाँ पर चुपचाप निकल रहे हैं सामने की तरफ अपनी फैमिली है जो की टीवी देख रही है चलो ठीक है और देखते हैं कितने गार्ड है इस तरफ में एक गार्ड है और यहाँ पर एक गार्ड किचन में खाना बना रहा है मुझे कुछ भी करके यहाँ से पहले बाहर निकलना पड़ेगा तो फटाफट से यहाँ पे भागते हैं और जल्दी सेवर वाल ले लेते हैं हम लोग फटाफट से घर के बाहर चलते हैं वेट यहाँ पर स्विमिंग पूल के पास एक और गार्ड खड़ा है रुको यार इस वाले गार्ड को मुझे टेक डाउन करना पड़ेगा क्यूँकी अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और वेपन के नाम पे बस एक पिस्टल एंड नाइफ है बाकी यहाँ पे राइट साइड में एक और गार्ड है एंड सामने भी एक और गार्ड है तो ठीक है फिर हमें यहाँ पे तीन गार्ड्स को एक साथ टेक डाउन करना पड़ेगा पहले हम लोग सामने वाले गार्ड को टेक डाउन कर लेते हैं तो मैं यहाँ अपने नाइफ का यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी साउंड हो तो फटाफट से इसको नाइफ मारते हैं एंड इसकी बॉडी को हम लोग पानी में रहने देते हैं भाई साहब कुछ खतरनाक ही सीन हो गया चलो ठीक है अभी यहाँ पे बारी आती है बाकी दो गार्ड की जिनको मैं अपनी पिस्टल से आ, वेट लेफ्ट वाले को हम लोग बाद में पिस्टल मारेंगे पहले राइट वाले को नाइफ से टेक डाउन कर लेते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे पिस्टल का साउंड आया ना तो बाकी गार्ड अलर्ट हो जाएंगे तो ये वाला गार्ड भी डाउन है और यहाँ पर एसोल्ट राइफल है तो हम लोग इसको उठा लेते हैं ये अपने बहुत ज्यादा काम आने वाली है तो अपने पास अभी एक पिस्टल एसोल्ट राइफल और नाइफ है लेकिन हम लोग अभी भी अपनी पिस्टल का यूज करेंगे फिलहाल हम लोग अपने घर के बैक एरिया में है लेकिन मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना पड़ेगा और बैनी के गैराज तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ है जो कि अपनी हेल्प कर सकता है लेकिन यहां पर आगे काफी सारे गार्ड्स हैं और जो अपनी गाड़ी है वो भी घर के लेफ्ट साइड में खड़ी है लेकिन पहले हम लोग यहां पे इस गार्ड को हेडशॉट मार देते हैं ऑलराइट यहां पे ये डाउन हो चुका है और अभी तक किसी भी गार्ड को पता नहीं चला है अब बस मुझे कुछ भी करके घर की लेफ्ट साइड ऐसी बाहर निकलना है जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है एंड वेट यहाँ पर फाउंटेन के पास अभी एक और गार्ड है लेकिन ठीक है हम लोग पहले एक बार आगे चल के देखते हैं कि आगे यहाँ पर और कितने गार्ड्स हैं अगर आगे वाली साइड में कम गार्ड्स हैं तो हम लोग वहां से भी बाहर निकल सकते हैं बट यहाँ पर लेफ्ट साइड में चार गार्ड खड़े हैं एंड सामने भी काफी सारी सिक्योरिटी की वैन्स खड़ी हैं। वेट पहले हम लोग देखते हैं कि राइट वाली साइड में कितने गार्ड और हैं तो यहाँ पर सामने मुझे एक गार्ड तो ऐसे ही खड़ा दिख रहा है बाकी फ्रंट वाली एंट्रेंस पे फ्रंट वाली एंट्रेंस पर भी यहाँ पर गार्ड है और जो गार्ड सामने खड़ा है उसके जस्ट राइट में भी एक और गार्ड है तो राइट साइड में तीन गाड़े हैं और लेफ्ट साइड में यहाँ पर चार चार गार्ड्स गन लेके खड़े हैं तो एक बात कंफर्म हो चुकी है हम लोग आगे वाली साइड से तो बाहर नहीं निकल सकते बट ठीक है वैसे भी अपनी जो गाड़ी है वो घर के लेफ्ट साइड में खड़ी है तो फटोफट यहाँ से नीचे कूदते हैं और घर से बाहर निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठते हैं बस बाहर वाले गार्ड्स को यह पता ना चल जाए कि माइकल घर के बाहर आ गया है वरना फ्रंट एंट्रेंस के सारे, के सारे सिक्योरिटी right, तो को दो बजे और सामने अपनी है, फ़ड़ बैठते हैं पिस्टल क्यूंकि फाउंटे के ऊपर वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अभी भी यहाँ पर अलर्ट है और अगर उसने हमें देख लिया ना तो मुझे यहाँ पे उसको हैड शॉर्ट माना पड़ेगा बट ठीक है उसने अभी तक हमें देखा नहीं है तो फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसका इंजन चालू करते हैं और फिर इस गाड़ी को लेकर चलते हैं बैनी के पास क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले बैनी को समझाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग पोर्टल के बाहर आए और तभी से सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया है और जो लेटर ने कहा था कि जैसे हम लोग मल्टीवर्स के पोर्टल के अंदर गए थे उसके ठीक एक दिन बाद उसमें काफी खतरनाक ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट क्यों मुझे यहाँ पर हमारी टाइमलाइन भी कोलेप्स होने वाली थी देखो जिस दिन हम लोग मल्टीवर्स के पोर्टल के अंदर गए थे उसके ठीक एक दिन बाद हमें मिला था सेकेंड माइकल और उसके कुछ घंटों बाद हमें मिला था थर्ड माइकल जो की हमारे रियल वर्ल्ड के नेचर के बिल्कुल अपोजिट है क्यूँकी एक बंदा जो की हमारी टाइमलाइन का है वो सेकंड टाइमलाइन वाले बंदे से मिल ही नहीं सकता है और उस मिरर वर्ल्ड के अंदर तो हम तीन माइकल एक साथ थे जिसका मतलब है कि यहां पर तीन तीन टाइमलाइन एक ही साथ खतरे में थी लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है अब इस बार कौन सी फटी होगी हमें ये नहीं पता है बट अगर अपने इस वाले वर्ल्ड की टाइम फटी होती तो यहाँ पर अभी तक काफी ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता जो की अभी तक तो नहीं हुआ है बट देखते आगे क्या होता है हालांकि अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाला है जिस तरीके ऐसी हम लोग हैं, बट ये सब कुछ मैं बैनी को कैसे बताऊंगा वो तो अपना विश्वास भी नहीं करेगा और बैनी को समझाना तो फिर भी ठीक है लेकिन हम लोग किसी भी हालत में मिलिट्री कर्नल को ये पता नहीं लगने दे सकते कि हम लोगों ने मल्टीवर्स एक्सेस कर लिया था वरना वो हमें पागल या फिर जेल में डाल देगा क्यूँकी जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लेटर को दी थी उस पोर्टल को दोबारा ऐसी चालू करने के लिए वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हम लोगो ने मिलिट्री बेस ऐसी उठाई थी और मिलिट्री के कर्नल ने हमें बताया था की वो पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है चलो ठीक है देखते हैं आप क्या ही कर सकते हैं बाकी लॉस एंटोस में इतने दिनों के बाद ट्राफ देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि जब हम लोग मल्टीवर्स के अंदर थे वहाँ पर तो एक भी गाड़िया नहीं थी और ये जो फ्रैंकलिन की गाड़ी है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है मैंने सोचा नहीं था कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी बट इसकी कंट्रोलिंग हैंडलिंग काफी ज्यादा मजेदार है और अभी एक बार आप लोग सामने की तरफ देखो यहाँ पर लॉस सेंटोस रात में काफी ज्यादा प्यारा लगता है अभी रात के दो बज रहे लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी एक्टिव है चलो ठीक है अभी बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं बैनी के गैराज पर हॉल राइट गाइज इस मैं फ्रेंकलिन की गाड़ी को लेकर फाइनल बैनी की शॉप बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ मुझे बस इस वाले टर्न से लेफ्ट लेना है एंड हम लोग बैनी की वर्कशॉप पे पहुंच जाएंगे बाकी मैंने बैनी को बताया तो नहीं था कि हम लोग उससे मिलने के लिए आएंगे लेकिन कई बार बैनी लेट नाइट भी अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा होता है तो फटाफट -फड़ से अपनी गाड़ी को उसके गैराज में लेके चल आ, वेट भाई यहाँ पर बैनी भी अपने ऊपर एम करके खड़ा है इसको भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है बैनी मेरी बात ध्यान से सुन मेरे पास कोई भी गन वगैरह नहीं है और मैं ही असली माइकल हूँ अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मल्टीवर्स के पोर्टल के बाहर जो भी हुआ उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं था जो होना था वो टाइम की वजह से हुआ है बैनी देख मेरी बात समझ अगर मुझे डिफेंस टीम के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना होता तो मैं ऐसे ही मार देता मैं उन्हें मल्टीवर्स के पोर्टल के अंदर से क्यूँ मारता मेरे पास उन्हें मारने का कोई रीजन भी नहीं है और ना ही मेरे पास अभी कोई वेपन है हाँ मुझे पता है कि जब मैं मल्टीवर्स के पोर्टल के बाहर आया था तब मेरे दाढ़ी और बाल काफी ज्यादा बढ़ गए थे लेकिन वो स्पेस के टाइम की वजह से हुआ था क्या कहते हैं थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी यार एट क्लास के साइंस में भी पढ़ाया जाता है देख बहनी अगर मुझे तुझे मारना होता तो मैं अभी तक तुझे मार चुका होता लेकिन मैं यहाँ पे तुझसे बात करने आया हूँ प्लीज बैनी मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख और अपनी गन नीचे कर लेट right गए और ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार है टाइम लाइन के के में तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन लेस्टर को लगता है की उन लोगों से मिलने के बाद हमारी वाली टाइमलाइन में ठीक एक दिन बाद उस मल्टीवर्स के पोर्टल में एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से डिफेंस टीम के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड पोर्टल के पास में खड़े थे किसी की भी गलती नहीं है, नहीं करेगा, लेकिन जब भी ऐसा होता है तब एक ना एक टाइम लाइन जरूर फटी है और इस वाले केस में हम तीनों माइकल जो कि उस मिरर वर्ल्ड के अंदर थे उनमें से किसी की भी टाइमलाइन फट सकती है यानी कि अपने वाली टाइमलाइन भी फट सकती है और हमें इसे होने से पहले रोकना पड़ेगा क्योंकि अगर अपनी वाली टाइमलाइन गलती से भी फटी ना तो यहाँ बहुत सारे मल्टीवर्स के गेट खुल जाएंगे और इस सब का सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा मल्टीवर्स के पोर्टल खोलेंगे उसे हटाना पड़ेगा किसी भी हालत में क्यूँकी अगर हमने उसे नहीं हटाया तो डगन बॉस तो बस एक प्रॉब्लम है पता नहीं बाकी मल्टीवर्स में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और शायद ऐसी चीजें भी जिनका हमने आज तक सोचा भी नहीं होगा मल्टीवर्स बहुत डीप है बैनी ऑल राइट गैस बैनी मेरी सारी बातें समझ चुका है और ये कह रहा है कि हमें मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए अभी चलना चाहिए क्योंकि पता नहीं सुबह तक हमारे पीछे कौन लग जाएगा ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे नेशनल मिलेगी पता नहीं वो लोग माइकल के ऊपर कौन कौन सा केस लगाने वाले हैं वैसे मुझे लगता है की मिलिट्री कर्नल इस चीज में हमारी हेल्प कर सकता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर तो मिलिट्री कर्नल की पोस्ट होती है एंड आई थिंक वो उन्हें बोल सकता है ऑर्डर वापस लेने के लिए या फिर उन्हें डिसमिस करने के लिए चलो ठीक है अभी के लिए हम लोग इस गाड़ी को बैनी के गैराज वेट यहाँ पर मैरी वेदर के गार्ड्स क्यों आ गए हैं और ये लोग भी अपने ऊपर गन पॉइंट कर रहे हैं मेरा यहाँ पे लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है ऑलरेडी अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर इनसे लड़ने नहीं वाले हैं बल्कि हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं चल तेरी बैंस और भाई साहब ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ट्रेन भी क्या सही टाइम पे आई है हमें यहाँ पे निकलने के लिए टाइम मिल गया फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और यहाँ से भागते हैं बट मैरी वेदर वालों को भेजा किसने और इन्हें पता कैसे चला की मैं बैनी के साथ हूँ वो भी रात को दो बजे अभी के लिए तो कोई अपना पीछा नहीं कर रहा है लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं जितना दूर भगा सकते हैं क्यूँकी वो लोग अकेले थे सात में सात आठ लोग और थे यार समझ में नहीं आ रहा है कि मैरी वेदर वाले अपने पीछे क्यों पड़े हैं और इन्हें अपनी लोकेशन कौन बता रहा है मैरी वेदर का हमसे क्या लेना देना है वो तो हर उस बंदे के पीछे जाती है जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी वेट शायद मैरी वेदर वाले समझ चुके हैं कि हमने मल्टीवर्स के पोर्टल को एक्सेस कर लिया है और अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं उस पोर्टल की टेक्नोलॉजी को चुराने का किसी भी हालत में ये टेक्नोलॉजी मैरी वेदर के हाथ नहीं लगनी चाहिए रुको पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं और मैं यहाँ पे पहले डेव से बात करता हूँ हमें उसे बताना होगा मैरी वेदर के बारे में चलो गाय टाइम भी मेरी बात यहाँ पर डेव से हो चुकी है और मैंने उसको पूरा मैरी वेदर का सीन समझा दिया है और वो कह रहा है की पहले तुम मिलिट्री कर्नल ऐसी मिल लो उसके बाद हम लोग आराम से मैरी वेदर के बारे में बात करते हैं चलो ठीक है फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं सीधा निकलते हैं लॉस के फोर्थ जोनकुडो में जो कि यहाँ का मिलिट्री बेस है और ये काम हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सुबह होने वाली है right guys, इस टाइम पे हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं लॉस एंटो के आउटर हाईवे पे एंड भाई अब ये कौन वेट ये तो मैरी वेदर के ही बंदे हैं लेकिन अब इन्हें अपनी लोकेशन का पता कैसे चला और इस बंदे की गाड़ी में बूस्टर लगा लगाए रुको यार ये लोग तो पूरी प्लानिंग करके अपने चेस करने के लिए आए हैं और भाई साहब बंदा यहाँ पे अपनी गाड़ी की क्या ही अलग कर रहा है यार पता नहीं ये लोग एकदम कहाँ से आ गए और ये तो गंदा ही क्रैश मार रहा है वेठ वेट यहाँ पे इसकी गाड़ी ठूक गई है हम लोग चुपचाप पीछे वाले रास्ते से निकल जाते है इससे पहले की ये लोग हमारे पीछे आए और एक तो यहाँ पे रात का टाइम है तो ज्यादा दिख नहीं रहा है बाकी इस बंदे ने मुझे दोबारा से देख लिया है और अभी अपनी गाड़ी को लेकर मेरे पीछे आने वाला है लेकिन अभी तो मेरे पास मल्टीवर्स के पोर्टल की टेक्नोलॉजी नहीं है फिर भी ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग बैनी के पीछे पड़े हैं क्योंकि ये लोग पहले भी अपने पीछे नहीं आए थे ये लोग बेनी की वर्कशॉप के बाहर खड़े थे कुछ तो ऐसा जरूर है जो की बेनी हमें बता नहीं रहा है लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ ऐसी दूर भगाना पड़ेगा क्यूँकी यार ये मेरी वेदर के बंदे तो पागलों की तरफ मेरे पीछे पड़ गए चल बेटा तुझे भागने का शौक है ना आ पीछे मेरे पास एक बड़ी ऐसा प्लान है आगे की तरफ में गैस स्टेशन है हम लोग इसकी गाड़ी को उसमें धक्का दे देते बाल बाल बच गए अगर हम लोग गलती से भी आगे की तरफ से फिरते तो हम लोग तो पक्का डेड थे। बाकी वो बंदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक सेकेंड बंदा तो यहीं पर है वेट वेट वेट हमें यहां से निकलना पड़ेगा ये बंदा तो मुझे मारने की प्लान से आया और अभी इस बंदे ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था यार एक तो उसकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैं इससे भाग नहीं सकता मुझे इसे छुपना पड़ेगा लेकिन ये छुपने का चांस तो दे ये बंदा तो मुझे बस फुल स्पीड में क्रैश मारता जा रहा है भाई साहब मुझे कोई ऐसा सुनसान सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके रख पाए क्योंकि जब तक हम लोग हाईवे वाली रोड पे हैं ये बंदा अपनी हेडलाइट से हमें ढूंढने लेगा तो चल बेटा आजा आज तुझे मैं ऑफ करवाता हूँ वेट मेरी गाड़ी तो ऑफ के लिए बनी ही नहीं और उसके, तो वाली गाड़ी है। भाई, पता नहीं, बंदे उसके पास तो ऑफ रोडिंग से आदत भी नहीं है और ये बंदा अभी भी अपने पीछे फस गया और यही अपना टाइम है यहाँ से निकलने का इससे पहले की पर बहुत ही गंदा क्राइश हुआ है लेकिन ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये मेरी वेदर वालों की गाड़ी है और एक सेकेंड यहाँ पर इसनेग्नोर मार दिया है मतलब है की हेडलाइट ऑफ करने वाली ट्रिक सच में काम कर गई बंदा फुल बूस्ट लगाकर अपनी गाड़ी लेके निकल गया है और टाइम है हमारे निकलने का क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे सुबह होने वाली है और हमें उससे पहले मिलिट्री कर्नल से मिलना होगा बाकी अभी के ठीक है फटाफट से अपनी गाड़ी को चलो है हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए फाइनली पहुँच चुके हैं फोर्ट जोनकुडो में जो कि लॉस सेंटोस का मिलिट्री बेस हमें बस इस वाले ब्रिज ऐसी सीधा सीधा जाना है और हम लोग बेस के अंदर पहुँच जाएंगे बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी सच में फ्रेंकलिन की मसलकार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी इस गाड़ी में इतने सारे अटैक है ना भाई साहब इसकी जगह अगर होती तो पता नहीं उसका क्या हाल होता लेकिन ठीक है फिलहाल हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर पहुंच चुके हैं यहाँ पे देख के लग रहा है ना थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई और क्या बात है यहाँ पे मिलिट्री के टैंक्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं लेकिन मिलिट्री की गाड़ियाँ चक्कर मार रही है चलो ठीक है हम लोग फटाफट से इस वाले टर्न से लेफ्ट लेते है और सीधे चलते हैं मिलिट्री के कर्नल ऐसी मिलने के लिए बाकी लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब तो कर्नल हमें वेरहाउस के सामने खड़ा मिला था बट अब देखते हैं की कहाँ पर मिलेगा मुझे काफी सारे टैंक एक साथ खड़े दिख रहे हैं और मिलिट्री का कर्नल भी यहीं पर है तो चलो ठीक है फटाफट फट से इस वाली गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और चलते हैं बात करने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसे का सीन नहीं समझाने वालेगा और के जितने भी, कुछ भी करके हमारे घर से हटा दे क्यूँकी जब तक वो अपने घर पे है हम लोग यहाँ पर शांति से कुछ भी काम नहीं कर सकते मिलिट्री कर्नल से हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है की नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड ने इसके घर को भी सीज करके रखा हुआ है और ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ सेंटर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को लगता है कि मिलिट्री कर्नल ने माइकल को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए बनाई गई थी वेल well, वो लोग यहाँ पे गलत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने मिलिट्री कर्नल से वो टेक्नोलॉजी ली थी जो कि उस पोर्टल को एक्सेस करने में यूज होती है और यह कह रहा है की अगर तुम्हें अपनी मस्टैंग जीटी वापिस चाहिए तो पहले मुझे वो टेक्नोलॉजी वापस कर दो क्योंकि अगर गलती से भी नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड को यह प्रूफ मिल गया कि मिलिट्री कर्नल ने सच में हम एक टेक्नोलॉजी दी थी तो यहाँ पे मिलिट्री कर्नल तो सस्पेंड हो जाएगा और हम जेल हो जाएगी तो फिर हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमें से टेक्नोलॉजी जी वापस करनी पड़ेगी चलो ठीक है इसी बारे हम लोग उस बार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं से पहले कि हमारी और है है। तभी तो हॉस्पिटल <laughs> में काफी सारे अजीब सपने आ रहे थे फिलहाल के लिए हम लोग इस गाड़ी को लेकर मिलिट्री बेस से बाहर चलते है और सीधा चलते हैं डेव से मिलने के लिए क्योंकि जब मेरी बात डेब ऐसी हुई थी तो उसने कहा था की जैसे तुम्हारी बात मिलिट्री कर्नल ऐसी हो जाती है तुम सीधा मुझसे मिलने के लिए आ जाना वैसे यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शेडो लिख देना जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार जल्दी से जाके उस लाइक के बटन को दबा दो क्यूँकी आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है आठ हजार का तो जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कम्प्लीट करवाओगे उतना जल्दी न्यू एपिसोड आएगा फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और चलते हैं सीधा पास वाले हाईवे पे क्यूँकी डेव ने कहा था की मिलिट्री बेस के पास वाले हाईवे पर ही वो हमसे मिलने वाला और एक सेकंड भाई साहब बंदे ने ऑलमोस्ट गाड़ी ठोक दी थी चलो ठीक है मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि वो मेरी वेदर वाले बंदों की गाड़ी है लेकिन ठीक है कोई रैंडम स्ट्रेंजर था बाकी वेट ये तो डेव है लेकिन ये तो सच में इस हाईवे के बीचों बीच खड़ा होकर हमारा वेट कर रहा है चलो और भी अच्छी बात है पहले हम लोग अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं और फिर चल के डेव से बात करते हैं एंड इससे पूछते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड्स का क्या सीन है और मैरी वेदर के बंदे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं ऑल राइट गाइस इस टाइम पे मेरी बात यहां पे डेव से हो चुकी है और ये कह रहा है की वो तुम्हारा मल्टीवर्स का पोर्टल है वही सबका रीजन है और इतने नहीं ये कह रहा है की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तो छोटी सी चीज है बल्कि किसी ने एफ आई बी के में ये रिपोर्ट डाल दिया की माइकल नहीं एफ की बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट करवाया था जिससे की वो लॉस एंटोस का डाटा चुरा पाए भाई ये सब क्या हो रहा है हम लोगो ने वो ब्लास्ट के डेटाबेस को बचाने के लिए करा था न की उसे खतरे में डालने के लिए बट डेव यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास अभी भी एक चांस है अपने आप को बचाने के लिए पहले तो एफआईबी प्रूफ के लिए वो वाली टेक्नोलॉजी ढूंढने वाली है जो कि हम लोगों ने मिलिट्री कर्नल से ली थी तो हमें कुछ भी करके आज के आज इस को वहाँ ऐसी हटाना पड़ेगा उसके बाद एफ की एजेंसी के अंदर जो हमारे नाम की फाइल है हमें उसे जलाना पड़ेगा वरना पता नहीं कल को एफ भी अपने घर पर पहुँच जाएगी रेड मारने के लिए और इस काम के लिए हमें पूरी एक नई टीम बनानी पड़ेगी जिसमें फ्रेंकलिन ड्राइवर भी होंगे एंड यहाँ पर हमें थोड़ी हेल्प डेव ऐसी भी लेनी पड़ेगी क्यूँकी अभी तो बस अपना शोरूम और घर सीज हुआ है अगर उन्हें कोई वैलिड प्रूफ मिल गया ना तो वो लोग माइकल की फैमिली को भी अरेस्ट करेंगे और और और और अपने घर पे जा रहा है और उसने हमें बोल दिया की जब भी हमें आ जाएगा लेकिन अभी के लिए तो हमें उस पोर्टल को अकेले ही हटाना पड़ेगा हम लोग मल्टीवर्स से बाहर क्यों ही आए यहाँ से ज्यादा सेफ तो हम लोग मल्टीवर्स के अंदर थे एटलीस्ट वहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं था और रियल वर्ल्ड के लॉस एंटॉस के अंदर जब से हम लोग वापस आए हैं मल्टीवर्स से ज्यादा खतरा तो यहीं पर है बट ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा फिलहाल मुझे उन दोनों माइकल की काफी ज्यादा जरूरत है बट चाह कर भी हम लोग उनसे नहीं मिल सकते अभी के लिए हम लोग इस गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं सैंडी शोज में जहाँ पर अपना वो मिरर वर्ल्ड का पोर्टल है और ट्राई करते हैं डिस्ट्रॉय करने का क्यूँकी अगर हम लोगों ने उसे सही टाइम पे नहीं हटाया तो एफ और फाइल केस तो साइड की बात है यहाँ पर बहुत ही खतरनाक से होंगे अगर टाइम क्रैक हो गई अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते और चलते हैं सीधा सैंडी शोर्स में तो चलो इस टाइम गाय और बैनी अपनी गाड़ी को भगाते हुए जहाँ पर अपना मल्टीवर्स का पोर्टल है और, और यहाँ पे लॉस एंटो का मौसम काफी ज्यादा साफ हो चुका है चलो ठीक है अभी हम लोग इस पोर्टल को फोड़ने की प्लानिंग करते हैं और यहाँ पर मैंने बेनी को बोल दिया की जल्दी से ड्राइवर और फ्रेंकलिन को बुला कर लिया है जो मशीन पोर्टल को स्टार्ट करने में यूज हो रही है और जो मशीन हमें मिलिट्री कर्नल को वापस लौटानी है वो काफी ज़्यादा हैवी हैं तो हम लोगों ने अकेला नहीं हटा सकते यहां पर तो हमें यहाँ पर इसको हटाने नहीं वाले बल्कि हटाने की जगह हम लोग इसको टोटली डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और इसके लिए पहले हम लोग इसके बेस को जलाने का ट्राई करते हैं मैं यहाँ पर अपने साथ एक पेट्रोल का कैन लेके आया हूँ फटाफट से यहां पे पूरा का पूरा पेट्रोल निकालते हैं और इस बेस को जलाते हैं ऑल तो डन चारों तरफ हम लोगों ने पेट्रोल फैला दिया है फटाफट से अपने हाथ में स्टिकी बॉम्ब लेते हैं और इस पोर्टल की जो आउटर लेर है उस सब जगह स्टिकी बॉम्ब प्लान कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आउटर लेयर है वही हेल्प करती है किसी भी बंदे को दूसरे मल्टीवर्स की आउटर लेयर में जाने के लिए तो इसको डिस्ट्रॉय करना ज्यादा जरूरी है तो स्टिकी बॉम्ब यहाँ पे हमने हर जगह लगा दी है अब बस वेट करते हैं फ्रेंकली ट्रेवर के आने का गायस इस टाइम पे फ्रेंकली पता नहीं लेकिन लॉस एंडोज का मौसम एकदम से काफी ज्यादा खराब हो गया है यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही है और बहुत जोर जोर से बिजली कड़क रही है तो पता नहीं लॉस एंड में एकदम से तूफान कहां से आ गया और वेट अब ये पोर्टल कैसे खुल गया रुको यार हम लोगों ने इस पोर्टल को खोला नहीं है इसका मतलब है कि मल्टीवर्स की दूसरी साइड में से कोई इस पोर्टल का यूज कर रहा है भाई लेकिन ये होना नहीं चाहिए था हम लोगों ने तो अभी तक एक भी बार पोर्टल को टच भी नहीं करा और यहाँ पर लेटर भी नहीं है पहले हम लोग यहाँ पे कवर ले लेते हैं और देखते देख हैं कि यहाँ पे कौन बाहर आने वाला है कहीं ऐसा तो नहीं कि डगन बॉस को पोर्टल का वेट यहाँ पर एक बंदा पोर्टल से बाहर आया है एक सेकेंड ये बंदा है कि क्या है वेट ये तो इंसान भी नहीं लग रहा है ये चीज क्या है भाई साहब ये ये उड़ सकता है रुको, रुको रुको रुको ये बंदा यहाँ पे उड़ रहा है या फिर बहुत ही लंबी जंप लगा रहा है पता नहीं ये बंदा यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर रहा है और बंदा गायब हो गया भाई अभी अभी हमने ये क्या देखा वो बंदा इस पोर्टल पोर्टल की एनर्जी कहाँ पे गई वेट ओह, एनर्जी यहीं पर है लेकिन वो बंदा इस पोर्टल में से बाहर आया सीधा यहाँ से निकला और सीधा उस तरफ जंप करता हुआ गया और वो कोई नॉर्मल जंप नहीं थी मुझे लगता है ना वो बंदा इंसान नहीं था ये पता नहीं कौन से मल्टीवर्स का डोर यहाँ पे खुल गया है लगता है जिसका हमें डर था वही हुआ हमारी टाइम में क्रैक आ गया है जिसकी वजह से अलग अलग मल्टीवर्स के पोर्टल ये तो वही है ना जो कि अभी जंप मार पोर्टल में से बाहर निकला था और इसकी शक्ल ये इंसान नहीं है ये कुछ तो अजीब चीज़ है लेकिन मेरा इसके पास रहना सेफ नहीं होगा हम लोग यहां पर से चुपचाप निकल जाते हैं और वेट इसने यहां पे कौन सी गन का यूज़ करा और गायब हो गया बट माइकल यहां पे पैरलाइज हो गया है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ लगता है कि माइकल दोबारा बेहोश होने वाला है यार मैं सब में कैसे फंस गया और काश मैं खुद की मदद खुद कर पाता